तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं इफ़ कंडीशन के इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में हम यहाँ पे आते हैं और इसमें समझिए कि क्या क्वेश्चंस क्या है तो इसमें जो क्वेश्चंस है कि एक सबसे पहले समझिए इसका स्टोरी समझिए स्टोरी क्या है स्टोरी तो ये है कि एक बिल्डर है वो फ्लैट बनाता है और बेचता है फ्लैट बनाता है और बेचता है तो क्या है? होता है जब फ्लैट बनाना शुरू होता है जब उसको अप्रूवल मिल जाता है बनाना शुरू करता है तो वो फ्लैट की बुकिंग लेता है और बुकिंग में कंडीशन ये है कि वो पाँच फ्लोर तक का ही बुकिंग लेता है क्योंकि उसको पाँच फ्लोर तक का ही बुकिंग लेने की राइट दिया गया है और जो भी बुकिंग अमाउंट होगा वो उसकी प्राइज जो फ्लैट की प्राइज का टेन होगा होता है क्या है कभी कभी हम कुछ जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो कस्टमर्स होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे अभी फंड्स पूरा नहीं है जैसे मान लीजिए इस कस्टमर ने बोला कि भाई ढाई लाख रुपये आपका बुकिंग अमाउंट होता है तो मैं ढाई लाख मेरे पास अभी तो नहीं है मैं अभी आपको डेढ़ लाख दे देता हूँ और कुछ दिनों में मैं आपको एक लाख अरेंज करके दे दूंगा मेरी बुकिंग कन्फर्म कर लीजिए बिलर बोलता है ठीक है आप मैं आपकी बुकिंग कन्फर्म कर लेता हूँ आपका जो एक लाख रुपया बकाया रह गया है उस एक लाख रुपये को आप बीस महीने के अंदर में दे दीजिएगा अगर 20 महीने 20 मंथ के अंदर में दे देते हैं तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट या पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो कस्टमर 20 महीने तक पैसा नहीं देते हैं तो उनको 20 महीने के बाद जब भी वो पैसा जमा करने आएंगे तो उनको जितना महीना लेट होगा उतने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा जैसे किसी बंदे ने मान लीजिए कि उसका पचास हजार रुपया बकाया था और पचास हजार रुपया हो पचीस पचीसवें महीने देने आया तो पचास रुपये का पाँच महीने का इंटरेस्ट लगेगा तो कंडीशन यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेवेंटी परसेंट ईयरली है फ्लोर पाँच से नीचे होना चाहिए बुकिंग अमाउंट टेन से कम होना चाहिए और डिफरेंस 20 महीना से ज्यादा होना चाहिए इस समझ में आ गया आपको तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा ध्यान से एक बिल्डर है वो अपनी फ्लैट बना के बेचता है फ्लैट जब बनाना शुरू करता है तो बुकिंग लेता है ठीक है ना कि भाई फ्लैट बना नहीं है पर आप बुक कर लीजिए फ्लैट आपका होगा नक्शे के हिसाब से तो बुकिंग लेने के लिए लेते समय वो अपनी फ्लैट की प्राइस का टेन परसेंट बुकिंग लेता है आपको अगर फ्लैट बुक करना है या ए विंग के सी ट्वेंटी नंबर फ्लैट बुक करना है तो आपको उसकी प्राइज़ का टेन आपको देना होगा बट प्रॉब्लम क्या है ये कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कि इनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है तो 10 परसेंट नहीं दे पाते हैं तो उनको बिल्डर बोलता है कि आप 20 महीने तक जो बकाया अमाउंट है उसको दे सकते हो 20 महीने से जितना महीना आप लेट करोगे उतने महीने का हम इंटरेस्ट लेंगे तो 17 परसेंट इयरली इंटरेस्ट लेंगे लेकिन हम बुकिंग जो लेंगे वो पाँच फ्लोर से नीचे तक का लेंगे और बुकिंग अमाउंट 10 परसेंट से जो कम होगा उसका हम ब्याज लेंगे और जो ब्याज लेंगे वो तो 20 महीने से जो ज़्यादा होगा वो हो होगा तो इस पर हम सबसे पहले निकालेंगे प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होगा 25 परसेंट इसका 25 फाइव परसेंट सॉरी माफ़ कीजिएगा 25 लाख का 10 परसेंट तो 10 परसेंट कितना आया तो आपको ढाई लाख आया लेकिन ढाई लाख वो डेढ़ लाख दे चुका है तो इसमें से हम माइनस करेंगे 15,000 थाउजेंड तो वन लाख आया अब बात आता है रेट तो रेट हमारा 17 परसेंट इयरली है तो सत्रह परसेंट डिवाइड तो मंथली निकल गया हमारा कि मंथली परसेंटेज निकल गया अब बात करते हैं टाइम की तो टाइम जो है हमारा अब यहां पे देखिए दो टाइम को दो तरह से लगा सकते हैं ये टुडे टुडे क्या करता है सिस्टम डेट देता है माइनस ए तो ये आपको में जो है डिफरेंस निकाल के देगा 2732 दिन अब इसको आप एवरेज 30 महीने से डिवाइड कर दीजिए 30 दिन से महीने के 30 दिन से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका महीना निकल गया 91 छ सात सात मल्टीप्लाई बाय नहीं आ, चौरासी नहीं हजार 2014 थोड़ा तो सा गड़बड़ होगा मतलब कि एग्जैक्ट नहीं निकलता है कि 91 मंथ्स जो निकला वो एग्जैक्ट नहीं निकलता है तो एग्जैक्ट अगर आपको निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला होता है वो होता है डेटेड देट, इफेटेड इफ में आप स्टा, स्टार्ट डेट और एंड डेट में मैंने टूरे लगा दिया और हमने बोला कि इसको मंथ में मुझे दो तो एट्टी 89 मंथ आपको दिखा दिया 89 89 मंथ मंथ हुआ। बट तो है लेकिन मुझे तो 20 महीने के बाद से चाहिए तो इसमें से माइनस 20 हम कर देंगे, तो यहां पास रिजल्ट आ गया 69 मंथ अब मुझे इसका इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया? देता बट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए यहां पे होता 2014 नहीं मान लीजिए होता 2020 तब तो, तो ये माइनस में आया तीन महीने इसका बचा हुआ है फिर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया अब यहां इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए क्या सर तो इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें यहाँ पे कंडीशन देना है कि इफ ए होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो और जो फ्लोर है वो फ्लोर होना चाहिए लेस देन यहाँ पे एन लगा दीजिए माफ कीजिएगा एन एन सबसे पहला कि फ्लोर लेस देन इक्वल टू फाइव होना चाहिए और जो प्रिंसिपल है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और जो टाइम है वो टाइम भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो रिजल्ट ट्रू आया तो इसमें हमें ऐसा हुआ तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट रेट्रीज रेट एंड टाइम अदरवाइज जीरो कॉमा तो लगा हुआ आया इसको हटा नहीं सो इधर है तो जैसे ही डेट अगर मान लीजिए मैं 2019 का करता हूँ तो 2019 का देखिए नौ महीने का इंटरेस्ट 12,750 आ गया और जैसे ही मैं बुकिंग अमाउंट मान लीजिए मैं साढ़े तीन लाख दे देता हूँ तो ये देखिए जीरो हो गया अगर मैं बुकिंग और पूरा अमाउंट दे देता हूँ यहाँ पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिर भी यहाँ पर इंटरेस्ट ज़ीरो क्लियर सर बट मुझे क्योंकि इसे मुझे तो एक का नहीं इसे बहुत सारा डेटा है ना सर तो मुझे यहाँ एक सेल में लगाना है तो उसके लिए क्या कीजिए आप इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए और इस फॉर्मूला को मर्ज कर दीजिए इसको कॉपी की और क्या है C5 फाइव और जहां हमारा C4 है उसके जगह पे इन द ब्राइकेट C4 का फॉर्मूला पेश कर दीजिए अब C4 को डिलीट किया जा सकता है उसके बाद यहां इसको फॉर्मूला कॉपी कीजिए और जहां C5 है जहां भी C5 है C5 के जगह पे C5 का फॉर्मूला एक जट कर नहीं दीजिए हाँ सी C4 दो जगह है तो दो जगह लाना पड़ेगा हमें फॉर्मूला कॉपी किया और C4 एक यहाँ भी है तो इन द ब्रैकेट हमको यहाँ भी पेस्ट करना पड़ेगा अब इस पर क्लिक करके देखिए C4 किसी से लिंक नहीं है तो C4 को डिलीट किया जा सकता है अब बात करते हैं यहाँ पे सी तो सी फाइव को कॉपी कर लिया अब देखिए सी फाइव कहाँ कहाँ है तो सी फाइव सिर्फ एक जगह पे है तो ब्रैकेट में सी फाइव की जगह पे सी तो फाइव का फॉर्मूला पेश कर दिया अब देखिए सी फाइव किसी से लिंक है नहीं है लिंक तो सी फाइव को डिलीट किया जा सकता है अब यहाँ पे आता है सी सिक्स अब सी सिक्स को हमने सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ जहाँ सी सिक्स है वहाँ पे सी सिक्स के जगह पे सी सिक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ दे देता हूँ और यहाँ पे सी सिक्स और सी सिक्स को डिलीट किया जा सकता है इस फॉर्मूले को कट कीजिए और यहाँ पे डाल कट करके डालिए बाकी डिलीट मार दीजिए अब नीचे जो भी डेटा आएगा उसको आप आप आप ड्रैग कर सकते हैं। ये था हमारा इफ के इंटरव्यू क्वेश्चन क्वेश्चन का नंबर और मुझे आशा है कि लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो जितेंद्र जी, जी, जी कुछ पूछना चाहते हैं आ गया तो तभी एक, आ, एक बार आप ठीक हा उसको एक बार देख लीजिएगा तो आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं कल से हम टेक्स्ट फॉर्मूले को शुरू करेंगे आज की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपको भेज देता हूँ डेट्स भेज दीजिए मैं कल दिन में निकाल के भेजता हूं तो YouTube देखा किस तरीके से मेरे साथ कुछ लोगों ने क्लासेस लिया आप भी मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जूम के थ्रू तो फटाफट फड़ मेरी वेबसाइट iptindia.com पी टी इंडिया को लॉगिन करें और इसके रिकॉर्डेड क्लास के लिए मेरी ऐप को डाउनलोड करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मैंने अपना ऐप का लिंक दिया हुआ है वहाँ से मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू